छन में भरमाई त्रिया छन में भरमायरिया छन में भरमाई छह में भर माई फिरिया छन में है नहीं परमा क्रिया छ्रिय कारण परमा ने अपन भाग गवाई प्रिये कारण परमाजी ने अपने भाग गवाई त्रिये कारण शंकर जी ने मुंडे मुंड गले लगाई है नहीं त्रिया अन भरम त्रिया स्नेही में भर त्रिया स्नेही में भरमा त्रिये कारण नारद जी ने बंदर मुख बनवाई के कारण नारद जी ने बंदर मुख्य बनावाई त्रिय कारण इंद्र बाबा बवान त्रिय कारण इंद्र बाबा ने नैन हजार कराई त्रिया सुनि में बरम छन्ही में भरमाई क्रिया छाई क्रिया क्रिये कारण मूर्खे काले काली दास बन जाई प्रिय कारण महामूर्ख काली काली दास बन जाई प्रिये कारण तुलसीदास रे च न कराई फिरिया छह में बरमाई तिरिया छनहीं मै वर छनहीं छन में बरमाई छन तो में भर माई क्रिया छन में बर माई सुनि में बर माई क्रिया में बरमाई